दोस्तों क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके शरीर में स्टील से भी कई गुना अधिक मजबूत हड्डी यानी बोन मौजूद है स्टील से भी मजबूत जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब मैं आपको ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे शरीर में मौजूद मौजूदी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है ये कई गुना अधिक वजन को सहन करने की क्षमता रखती है ये हड्डी हमारी जांग में पाई जाती है और अगर मैं इस बोन की लेंथ की बात करूँ तो मैं आपको बता दू की जितनी आपकी हाइट है ना उसका एक चौथाई भाग इस हड्डी की लंबाई है फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी हाइट सिक्स फीट है तो आपके शरीर में मौजूद बड़ी हड्डी यानी कि फ्यूमर की हाइट लगभग डेढ़ फीट है ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना